रहीम, रमज़ान मुबारक का बाबरकत और मुकदस महीना तो चला गया ईद भी हो चुकी है जो इस महीने में जितनी रहमतें और बरकतें उठा सकता था उसने उठाई और जो नहीं उठा सकता था वो महरूम रहा लेकिन रमज़ान हमें क्या सबक देकर गया हमें सोचना है ना? हमने 30 दिन कुछ अलग से काम करे हैं रोज़े रखे हैं गंदगियों से बचे हैं बुराइयों से बचे हैं गुनाहों से बचे हैं मोबाइल से बचे हुए हैं टीवी से बचे हुए हैं सब चीज़ें बचे हुए थे ना रमजान में तीस दिन हमने ये काम करा तीस दिन और उसके बाद जब हम देख रहे हैं कि ईद के बाद जो ये आदतें हमें बढ़ना चाहिए थी जो हमारी आदतें हम बढ़ना चाहिए थी लज्जतें बढ़ना चाहिए थी अब वो आदतें बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गई मिसाल के तौर पर अगर चाय की आदत आपको डलवाई जाए आपको अगर 10 दिन चाय हम अपने पैसों पर पिलाएँ तो आपको ग्यारहवें दिन बारहवें दिन तेरहवें दिन चौदहवें दिन पंद्रहवें दिन तो आप खुद अपने पैसों से उन को पीने लगेंगे क्यों अब आपकी लत पड़ गई है अब आप चाय पिए बगैर रह नहीं सकते अब आप चाय पिए बगैर जिंदा और मज़ा नहीं आ सकता आपको ज़िंदगी में अब आप चाय अपने पैसों से खरीद कर पड़ेंगे खरीद कर पियेंगे लेकिन पियेंगे अपने इस लज्जत को मिटाने के लिए अपने इस तलब को मिटाने के लिए लेकिन आप पियेंगे तो ये दस दिन का हमने बतलाया आपको दस दिन लेकिन हमने यहाँ तीस दिन नमाज़ें पढ़ी तीस दिन गुनाहों और गंदगीों से बचे थे हम तीस दिन हमने हमने रब को राज़ी करने वाले काम करे थे लेकिन अब बताओ ना कि हमने उन तीस दिन में ये सारी आदतें डाली, अपने अंदर ये सारी प्रैक्टिस करी लेकिन इस प्रैक्टिस को करने के बाद अब हम जब फाइनल में आए हैं तो हमारे अंदर कितना असर है और इसका कितना जो है हमारे अंदर एहसास है और कितना हमारे अंदर ये असर हुआ है कुछ भी नहीं हुआ 30 दिन हमने जो इबादतें करी थी वो आज हमारी एक इबादत की भी नहीं हमें आदत पड़ी मिसाल के तौर पर अगर हमने 30 दिन कोई काम करा है नमाज पढ़ी थी फजर की भी पढ़ी थी हर असल मगरिब, ईशा भी पढ़ी थी तो हमें 30 दिन तो छोड़ो हमें यहाँ एक टाइम की आदत पड़ जाती ईद के बाद फजर की नमाज पढ़ने आ जाते लेकिन नहीं आए ना ये हमारी हाल है ये हमारे कौम का हाल है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद हमारे पास कुछ भी असर नहीं होता अगर हम यही इसी की चीज़ अपोजिट बात करें अगर कोई आपको ज़रा सा गुटखा खिलाए या सिगरेट पिलाए आपको दस या पंद्रह दिन पिलाए तो ये आपकी आदतें बढ़ जाती हैं अब आप इन कामों को करना छोड़ते नहीं हैं ना ही कम करते हैं बल्कि अब इसको आदतों को बढ़ाना शुरू कर देते हैं अब ये रमज़ान में हमें इतनी सारी इबादतें करी इतनी सारी आदतें डाली लेकिन इन आदतों का कुछ भी हमारे ज़िंदगी में कुछ भी असर नहीं है ये रमज़ान हमें बदलना चाहिए था हमें ज़िंदगी को बदल सकता था हम बदल सकते थे अपने आप को रब से राज़ी कर लेते रब को मना लेते और जो गुनाहों गंदगियाँ जो हमारी आदतें थी उन आदतों से अपने आप को बचा सकते थे लेकिन नहीं बचाए तो रमज़ान हमें आता है बदलने के लिए लेकिन हम नहीं बदलना चाहते हैं हमारे अंदर वो एहसास नहीं है वो जज्बा नहीं है सब कुछ ख़त्म है ऐसा क्यों हम भी तो उस शख़्स की तरह तो नहीं है कि रसोल्ला सल् वम ने اللہ रजील्नुमा से इरशाद फरमायाबदिल्ला उस शख्स की तरह ना हो जाना जो तहजद की नमाज़ पढ़ता हो उसने रात को क़याम करा हो दिन में रोज़ा रखा हो और फिर उसने इन कामों को करना छोड़ दिया हो हम कहीं हम भी तो उस शख़्स की तरह नहीं है जो रमज़ान में क़ुर मजीद की तिलावत करता था फिर उसने रमज़ान गुजरते ही कुरान से ताल्लुक ख़त्म कर लिया कुरान से अपना रिश्ता नाता सब कुछ तोड़ लिया कुरान को उसने आज इसी तरीके से रख दिया जिस तरीके से आप देख रहे हैं यह हमारे ऊपर ताक में कुरान है जिसदान में कुरान है बिल्कुल इसी तरीके से घर के कोने में इसको रख दिया जबकि यहाँ इंसान अगर पान की आदत डाल ले 10 दिन तो उसकी ग्यारहवें में दिन की आदत बढ़ जाती है हमने कुरान की आदत डाली 30 दिन लेकिन अब 30 तो छोड़िए अब जो साल के और जो महीने और दिन हैं इतने बहुत सारे इन दिनों में भी हमें कुरान की याद नहीं आती पहला काम यही करिए कि मेरे भाई अपनी इबादतों को पूरा करिए और उसके बाद कुरान से रब्त बनाइए कुरान से कंबाइन करिए अपने आप को कुरान से रिश्ता नाता जोड़िए खत्म ना करिए पा, हमारे पास किताब है जिससे हमें हिदायत मिलती है हम एक, एक सही रास्ते तक पहुंच सकते हैं हम यही हमें कुरान सीधा और सच्चा रास्ता बताता हमारे पास इसके अलावा नहीं है कुछ तो प्लीज कुरान से अपना रिश्ता नाता जोड़िए कुरान से ताल्लुक मत खत्म करिए अभी अगर हम बात करें हम जिंदगी में इतना मोबाइल चलाते हैं रात भर दिन भर सोशल मीडिया को खोलते हैं लेकिन क्या हमने अपनी ज़िंदगी में कुरान को कहीं इस तरीके से खोला हो दिन में हम 45 दफ़ा 100 दफ़ा इंस्टाग्राम खोलते हैं अपनी स्टोरी चेक करते हैं कि आज क्या हुआ आज मैं देखता हूँ आज हमारे पोस्ट पे क्या है लेकिन कहीं हमने सोचा है कि कुरान को हमने कितना पढ़ा तुमने हमने कितना खोला है मेरे भाई यही वो कुरान है जो हमारी खबर में भी शफात करेगा कि मैं वही हूँ जो मैं तुम्हें जो तुम मुझे पढ़ते थे मैं वही चीज़ हूँ जो तुम मुझे पढ़ते थे तो कुरान कुरानबर में भी शफात करेगा ये कुरान वहाँ भी ऑनलाइन हो जाएगा लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर सारी सोशल मीडिया चला रहे हैं एक दूसरे से पोस्टें कर रहे हैं एक दूसरे को खबरें भेज रहे हैं और एक दूसरे के फ़ोटो उसको लाइक अनलाइक सब कुछ कर रहे हैं लेकिन जैसे ही आपकी सांस निकलेगी ना आपके ये जिसम से जो सांस जो सीने से भी ऊपर आई हंसली तक पहुंची और आप ये ज़िंदगी से अलविदा कह चुके होंगे उसके बाद ये आपका मोबाइल या आपकी आईडीज़ डीज या आपके इंस्टाग्राम या आपका फेसबुक ये सब के सब ऑफलाइन हो जाएंगे और जो अब इसके बाद जो चीज़ ऑनलाइन होती है खबर में वो मेरा भाई कुरान है लेकिन हम कुरान को ही असल में छोड़े बैठे कुरान से ही हम रिश्ता नाता तोड़े बैठे कुरान को बस खाली रमज़ान की किताब बना दी कि जब रमज़ान आएगा तब पढ़ लेंगे या बरकत के लिए हमने जो है अपने घरों में बस खाली पढ़ने के लिए जुमे जुमे थोड़ा बहुत पढ़ने लें कुरान खानी करवा लें बस इसके अलावा कुछ नहीं है प्लीज़ ऐसा ना करिए कुरान ही हमारे पास ऐसा है यही तो हमारे पास नबी का सबसे बड़ा मुजज़ा है जो नबी को मिला है और हम इस मुआजे को अपनी आँखों से देख रहे हैं हमें कोई मुआजे नहीं दिखे साहबा कराम ने मुआजे देखे उन लोगों को लेकिन हमारे पास यही मजिजा जो आज हम अपनी आंखों से देखना है तो इससे रिश्ता जोड़िए तोड़िए मत और दूसरा काम मस्जिद में नमाज़ बाजात का अहतमाम करता था फिर रमज़ान गुजरती उसने मस्जिद को वीरान कर दिया हम भी तो उस शख्स की तरह नहीं है कि हमने नमाज पढ़ी रमज़ान में इतनी ज़्यादा से ज़्यादा आए तादाद में आए फिर जैसे ही रमज़ान गुज़र गया फिर हमने मस्जिद को वीरान कर दिया अलविदा कह दिया अब जुम्मे जुम्मे में आ रहे हैं बाकी उसके बाद बिल्कुल भी नहीं इसी तरीके से रबा मसाकीन और जो मस्हकिन हैं उनकी ज़रूरियात का हमने ख्याल रखा रमज़ान में रमज़ान गुज़रते ही हम बिल्कुल भी उनसे बेगाने हो गए उनको अब पूछने ही छोड़ दिया बस हमने जो रम़ान में करना था सबका फितरा देना था और जो उनकी ज़रूरिया का ख्याल रखना था बस उतना ही कर दिया हमें पूरी ज़िंदगी जो है उनका ख्याल रखना है हमें गरबा मसाकिन का ख्याल रखना उनकी ज़रूरियात का इंतज़ाम करना है यही तो असल चीज़ है हमारे पास बहुत सवाब का काम है इसी तरीके से जो वाजो नसीहतें जो हमें मिलती थी रमज़ान में जो मजलिसें लगती थी हम उसमें बैठते थे अब रमज़ान गुजरती है हम उनसे गाफिल हो गए हम भी तो उस शख्स की तरह नहीं हैं रमजान में हम बद बदकिरदारी और दीगर बुराइयों से हमने बचे मगर रमजान गुजरती इन में मुबला हो गए बुराइयों में मबतला हो गए गुनाहों गंदगी में मुबला हो गए प्लीज़ अपनी असलाह कीजिए याद रखिए रसूल्ला सल्ला वसलम के शाद है कि अल्लाह ताला को तमाल में वो आमल सबसे ज्यादा महबूब है वो आमन सबसे ज्यादा लाइक है वो आमल सबसे ज्यादा महबूब है जो हमेशा किया जाए चाहे भले अगर अगरचे वो थोड़ा ही क्यों ना हो थोड़ा करो लेकिन हमेशा उसको करते रहो कंटिन्यू करते रहो ये मेरा आज का पैगाम था कि मेरे भाई अपनी अपनी वही इबादतें शुरू कर दो पता नहीं एक चाँद निकला था जो हमने रमज़ानों को जो हमने मस्जिद में भरना शुरू कर दिया था मस्जिदों में तंग हो गई थी जगह रखने की जगह नहीं लेकिन जब एक शान निकला तो ऐसे गायब हुआ है अब ऐसा लगता है कि मस्जिदों में नमाज़ होना बंद हो गई अब तो ऐलान करवाना पड़ेगा कि जनाब अब भी मस्जिदों में नमाज हो रही है अदा कर लें आके और जो ऐसे मकददी जो नमाजी है नमाजी गायब हुए हैं उनको बताए जाएँ उनको अगर वो कहीं मिले तो उन्हें बताएँ कि अब भी मस्जिदों में नमाज़ हो रही है प्लीज़ पाँच टाइम अब भी हो रही है आ जाए अपने रब से यही तो हमारे पास रब से करीब होने का भाई चीज़ है एक बेहतरीन चीज़ है दौलत का मिल जाना पैसों का मिल जाना शोहरत का मिल जाना कोई बड़ी कामयाबी नहीं पांच वक्त की नमाज़ पढ़ लेना अपने रब से करीब हो जाना दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी है बताओ ना नमाज ही तो हमें जो गुनाहों और गंदगियों से क्या करते दूर करती है हम देखते हैं कि इंसान गुनाह में मुबतला होता है लेकिन फिर भी नमाज पढ़ता रहता है कोई फ़ायदा नहीं लेकिन एक दिन जब यही नमाज़ पढ़ते पढ़ते उसके दिल में ख़्याल आता है आपको भी एक बार मौका मिलता है नमाजियों से कि यार तुम नमाज़ पढ़ते हो पाँच टाइम लेकिन तुम इस गुनाह से नहीं बचते हो तो उसके दिल में इसका आता है कि यार हम नमाजी अपने आप को पहलवाते हैं लेकिन गुनाहों से नहीं बचते तो वो इस डर से उस गुनाहों को करना छोड़ देगा उस डर से इस गंदगी को करना छोड़ देगा आएगा उसके अंदर बदलाव आएगा प्लीज़ शुरू तो करिए अपने आप को बदलिए तो अल्लाह कहते हैं जो हमारी तरफ एक हाथ आता है हम उसकी तरफ जो है दो हाथ बुलाते हैं अगर वो दौड़ कर या भाग कर आता अगर वो पैदल चल कर आता तो हम उसकी तरफ दौड़ कर जाते हैं तो भड़ाइए अपने रब से करीब हो रब आपको जो है और ज़्यादा करीब रब आपसे और ज़्यादा करीब हो जाएगा तो प्लीज़ रिश्ता मत तोड़िए जो हमने रमज़ान में जो हमने कोशिशें करी हैं उसको अब जो है फ़ाइनल में हमें जो है उतरना है और आप, अपने आप को दिखाना है कि अब हम कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं तो प्लीज़ अल्लाह ताली से दुआ करिए कि अल्लाह हम लोगों को वही इबादतें करने की तोफ़ी अदा फरमाय हमें जो भी काम करें वो हमेशा जारी रखें अल्लाह हमारी असलाह करे आपकी असलाह करे असलाह की तोफ़ी कदा फरमाए और तमाम इबादतों को पूरा करने की तोफ़ी अदा फरमाए एक दूसरे की ख्याल रखना जो हमने रमज़ान में रखे अब भी उनकी ख़याल रखना जो है उनकी तोफ़ी कदा फरमाय उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की तोफ़ी अदा फरमाए एक दूसरे के प्रसान हाल बने हमें रमज़ान कई सारे सबक देता है गमखारी के भी सबक देता है कि जिस तरीके से ये रमज़ान सबर का महीना है गमुखारी का महीना है इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हम लोगों का इन्हें सुनने ज़्यादा अमल करने के